मैयर के गुनवारा में विकास न होने के कारण ग्रामीणों में असंतोष बना हुआ है जिसके चलते ग्रामीण 17 दिसंबर से लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं अब इन अनशनकारियों को अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है गुनवारा में आयोजित 26 सितंबर 2015 को प्रदेश के पहले अत्योदय एवं रोजगार मेले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गुंदवारा में विकास के लिए सौगात की झड़ी लगा दी थी जिसमें प्रमुख रूप से गुंदवारा स्मार्ट विलेज उप तहसील गुंदवारा बसोरा कल्द मार्ग तथा आईटीआई आई कॉलेज बनाने की घोषणा की गई थी और आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र ही इन्हें पूरा किया जाएगा मगर सात साल बाद भी मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं आज तक पूरी नहीं की गईं जिससे आक्रोशित क्षेत्रीय जनता को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा इस अंशन को आम आदमी पार्टी की जिला संगठन मंत्री पुष्पेन सिंह ने अपना समर्थन दिया और स्थानीय जनप्रतिनिधि जिला जनपद सदस्य राजेश परोहा झल्ला महाराज भी अपना समर्थन देने पहुंचे सरदार सिंह बादल के आज के कारण है। आज से सात साल पहले मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएँ की थी आज तक वो पूरी नहीं हुई कई बार आवेदन दिया गया कोई सुनवाई नहीं इसलिए अक्सन पर बैठना पड़ा तो जो उनने घोषणाएँ की थी वो वहाँ के पूरी कर दें हमारा से बसौरा मार्ग का निर्माण उप तहसील और पार्ट मिले गुरुद्वारा आने का मूल मकसद था कि जो गुरुद्वारा के ग्रामवासी हैं प्लस यहाँ के जो आस पास के समाजसेवी हैं और जो राजनीतिक व्यक्ति हैं चाहे वो जिला पंचायत सदस्य के हो या जनपद सदस्य हो सरपंच होंप सरपंच हो या समाजसेवी हो सब लोग गुरुद्वारा की मांग को लेकर आज एकत्रित हैं जिसकी मीटिंग आज से करीब दस दिन पहले यहीं गुरुद्वारा में बिहारी जी लाल जी का मंदिर है वहाँ पर बैठक हुई थी उस बैठक मैं भी शामिल था और इस अनसन में को तो कोसन में, में मेरा पूरा सपोर्ट है और भी एक मूल बात है कि ये अंसन भोपू रहा है इस अनसन का मूल बात ये थी, थी कि उपचुनाव के दौरान जो है गुरुद्वारा को उ उत्त, तहसील बनाए जाने का वादा किया था गुरुद्वारा में आई टी आई का वादा किया गया था गुरुद्वारा से एक सड़क मार्ग है और बसौरा सड़क मार्ग है उसको पन्ना बसौरा पन्ना बसौरा सड़क मार्ग है उसको बनाने का बनाने बा, बा, का भी वादा किया गया था क्यूँकी तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ और ये बात है 2015 की और बात चल रही है दो हजार बाईस की तो सोच समझ सोच मिली सात सालों में सरकार द्वारा इन ग्राम वासियों के लिए क्या मदद की गई है और सरकार क्या कहना चाहती है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं